हेलो फ्रेंड आज के वीडियो में आपका स्वागत करते हैं ठीक है मैं आज आपको बताऊंगा एक स्नैपचैट का बहुत ही सेक्रेट ट्रिक जो शायद आप नहीं जानते होंगे आपने कभी सोचा है कि जो आपने किसी व्यक्ति के साथ बहुत दिन से आपने स्ट्रिक चला रहा है आपने स्नैप पे वो आपका लॉस्ट हो जाए फिर उसको कैसे रिकवर करेंगे मैं आज आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक में रहा हूँ कि आपका लॉस्ट हुआ स्ट्रिक वापस कैसे रिकवर किया जाए ठीक है सिंपली आपको स्नैपचैट ओपन शेटिंग में जाने के बाद आपको सीधा सेटिंग में जाने के बाद मैं बता रहा हूँ स्क्रॉल करना है उसके बाद नीड हेल्प पे जाना है आई नीड हेल्प पे जाना है उसके बाद आई नीड हेल्प पे जाने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेने में टाइम लगेगा ठीक है उसके बाद स्नैप स्ट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ठीक है स्नैप स्ट्रिक वाले ऑप्शन लेने के बाद नीड हेल्प विद समथिंग एल्स पर यहाँ पे यस yes पे क्लिक करना है ठीक है आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई लॉस्ट माई स्नैप स्टिक चौथे नंबर पर है इस पर क्लिक करते हैं आपको एक सिंपली सी फॉर्म भरना होगा ठीक है यहाँ पर अपना वो जो है फॉर्म भरना होगा और अपना मोबाइल नंबर जो डिटेल हो डाल के उसके बाद अपना इशू बताना होगा कि आपका रीजन कोई देना होगा एक और एक फ्रेंड के यूजर नेम आपको मेंशन करना होगा जिस फ्रेंड के साथ आपका स्नैपस्टिक टूटा है उसका कोई रीजन दे देना है कि आपका स्नैपस्टिक क्यों टूटा है आपका एग्जाम हो या कोई भी नॉर्मल रीजन दे देना है उसके बाद आपको विद इन थ्री आवर्स आपका आपको यहाँ पर सेंड करना है आपको विद इन थ्री आवर्स आपका स्नैप वापस आ जाएगा और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा मेल यहाँ पर आ चुका है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना यार